ओम श्री मम्म गोटाक नमदेवी सर्वूतेशु शक्तिपेण संस्था नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते श्री नमस्ते यू कैन सी दिटो वाला दिसो टू थिंग्स ओके टू लाइट ब्लू कलर ओके अभी तेरे वजह से कितने लोग अंधे होने वाले कुत्ते कमीने रिजाइन कर मेरा पांच सौ करोड़ रूपये कहा है ओम श्री मामा कोटाग्री नाइट फॉर फ्रीडम ऑफ मामा कोटाग्रा मुंडा पिछ मुंकड़क राजधान अट शरीर में राजधा एक्सरा तुर्क मुंकुड़क अम्म कोटाग्र ओम श्री मम्म कोटाग्र नमह ओ आविष्कार मेरा आविष्कार का चेहरा पांच सौ कौड़ रूपये मिलते कुज्जा केसीआर आचार्य नागारजुन यूनिवर्सीटी वी बालमोहन दास् युवर ग्रांड चिलड्रन ड तो इन ऐक्सी रिज़्स्ट इलामिक इंडिया लिमिटेड इटालीय इंडिया लिमिटेड ओम श्री मम कोट्री नमः